देख रहे यूपी नंबर वन वॉस में हूँ आपके साथ विजय राम आजाद बड़ी खबर मेहरोन से निकलकर आ रही है जहाँ पर फ्री पैन कार्ड के नाम पर खोले जा रहे एंजल ब्रोकिंग के अकाउंट मामला थाना मेहरौनी का है जहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक से एंजल ब्रोकर के डिमिट अकाउंट खोले जा रहे है जिसे नाम दिया जाता है की आपका फ्री पैन कार्ड बना रहे हैं जिसकी लालच में आकर ग्राम वासी जांचो की जान में फैसती है और उनके द्वारा मांगे जाने वाले कागज जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक पासपोर्ट फोटो के नाम पर उन्हें बिठाकर कि सभी पहले से टैनिक समझाई जाती है अगर कोई इन पर किसी प्रकार का कोई संदेह करता है तो उसे गूगल या माध्यम से समझाया जाता है या फिर अपने किसी साथी से बात करवा दी जाती है जिससे सभी शांत हो जाते हैं दृष्म प्रसाद ने बताया कि एंजल ब्रोकिंग ऐसी जो कार्य करते हैं उसे अकाउंट आरोप पाँच सौ रुपया मिलता है यह रुपया तब मिलता है अगर आपको ब्रांच द्वारा कोई लिंक दी जाती है लेकिन यह लोग इस बात से अनभिज्ञ होते हैं, उन्हें ब्रांच लिंक पर करवाया जाता है, पूरा रुपया ब्रांच के अकाउंट में आता है फिर रामकुमार तय करते हैं कि किसको कितना रुपया दिया जाना है या जब पहले ऐसी फिक्स किया जाता है अगर किसी को पूरी जानकारी हो जाती है तो, तो उसे पहले तो समझाया जाता है कि को नहीं बताया और वह काल छोड़ना चाहता है या फिर तो उसे एक्सपोज करना चाहता है तो उसे ड्राया धमकाया जाता है और ड्राने धमकाने से भी न माने तो फिर उसे इमोशनल ब्लॉकमेल किया जाता है और उसके करीबी या सम्मानित व्यक्तियों से फिर डलवाया जाता है अब यह एक व्यापक रूप ले चुका है राम कुमार सैन के द्वारा या महरोनी, और भी अन्य जगहों पर चलाया जा रहा है इस प्रकार की जानकारी मिली है पैसे जो लड़के इस प्रकार करते हैं उन्हें पैसे देने की बात की जाए तो आपके होश उड़ जाएंगे सौ दस रुपए दस रुपए तो किसी को बीस रुपए तो किसी को पचास रुपए तो किसी को सौ तो किसी को तीन से ज्यादा किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है आखिरी सीमा तीन सौ होती है एंजल ब्रोकिंग से पाँच सौ मिलता है और खाता खोलने का कमीशन अलग होता है जिस गांव में जाते हैं वहां किसी शिक्षित व्यक्ति या सम्मानित व्यक्ति को यह अपने जाल में फांसते हैं और उन्हें कुछ रुपयों की लालच देते हैं और फिर चलता है इनका खेल कुछ ऑफर भी होते हैं जो कंपनी के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं जैसे 500 का अगर टारगेट तय करता है तो एल सी दी जाती है 1500 के टारगेट पर मोटरसाइकिल दी जाती है 3000 के टारगेट पर एक कार दी जाती है यह सब तो कंपनी देती है कार करने वालों को लेकिन कार तो केवल ब्रांच के ही लिंक पर होता है तो फिर मेहनत करने वाले को कुछ नहीं मिलता लक्ष्मण प्रसाद ने इसके उनके पास कार किया और करीब 324 खाते खोले जिस पर राम कुमार सैन ने लक्ष्मण को चालीस इकतालीस इकतालीस हजार के समथिंग रुपया दिया और बाकी का खुद ढकाना चाहते हैं लक्ष्मण का आरोप है कि राम कुमार ने मेरे लैपटॉप और रजिस्टर रख लिया था और लैपटॉप अब दिनांक 4 दो दो को मेरा लैपटॉप मुझे दे दिया है लेकिन रजिस्टर नहीं बता रहे है कह रहे हैं रजिस्टर मेरे पास नहीं है और दस हजार की मांग कर रहे हैं अब देख है कि यह सब कब तक चलेगा क्या इसी प्रकार लोगों को धोखा देकर लाखों रुपए रहेंगे या फिर पुलिस इन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करती है मामला पूरा पुलिस के संज्ञान में है पुलिस इस बात को जानती है लक्ष्मण प्रसाद ने इसकी आई आर भी की है।, है तो क्या मामला है आपका मामला बीस तो सितम्बर को बताया जाता है और मैं खाते खोल उसने कहा कि आपको 300 सौ रुपये देंगे इसलिए मैंने उसके पास तीन सौ चौबीस अकाउंट खोले तीन सौ अकाउंट चौबीस इसके बाद मुझे पता चला सच का कि ये फर्जी भर, फर्जी काम हो रहा है फर्जी काम हो रहा है फिर इसलिए हमने जैसे मर को आए हमने कि हमारा जो पैसा है वो पैसा दे। दस जनवरी को आया मैं और मैंने कहा कि मेरा जो पैसा भागा वो मेरा पैसा दीजिए तो, तो उसने हम दुआ ले दी और जान से मारने की धमकी थी तो तो तो किसी को बताएगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा और इसकी तरह से मैं इंदौर चला गया तो लेकिन जो जो ये पैन कार्ड बन रहे हैं तो ई फिलिंग के माध्यम से जो ई फिलिंग की रिटर्न्स है उसके माध्यम से बन रहे हैं तो ये तो, तो एंजल ब्रोकिंग का नहीं है तो और जो लोग जो काम कर रहे हैं तो वो क्या कह फ्री पैन कार्ड की सुनने में आया कि फ्री पैन कार्ड की बात करके और एक अकाउंट खोल रहे हैं इसमें हाँ, क्या है यही कह देंगे हम पैन कार्ड के लिए बना देंगे आपका और ये लोग बनवा लेते हैं उसके लिए बैंक पासबुक और अकाउंट नंबर वीडियो डी सेकंड का मांगते हैं अच्छा तो बैंक पासबुक आधार कार्ड हाँ, और पैन कार्ड आधार कार्ड भी लगता है हाँ अच्छा तो इतनी चीजें लगती हैं हाँ। तो आपने कितने ए, कितने अकाउंट खोले आपने तीन सौ चौबीस अकाउंट खोले तो इस बारे में आपको जानकारी नहीं थी, नहीं थी। अच्छा इनने क्या कहा कहा था कि तीन सौ रूपये देंगे और तर, पर पे। तो पैसे दिए नहीं पैसे उननेतालीस हजार दिए बाकी पैसा नहीं दिया।, नहीं, दिया। नहीं दिया तो इसका अभी भी काम चल रहा है क्या हाँ अभी भी काम चल रहा है तो कितने रूपये दे रहे है लड़को को कुछ लोगो को बीस दे रहे हैं कुछ को पचास दे रहे कुछ को डेढ़ सौ दे रहे कुछ को दो दे रहे अच्छा और ये पैन कार्ड के उसमें पूरा काम चल रहा है एंजल ब्रोकिंग का जो आ, अच्छा तो ए, ए, ए, एंजल ब्रोकिंग का जो काम चल रहा है वो पैन कार्ड के उसमें लुक कर रहे है आ, क्या कहते हैं वो जाते हैं जब लोगों के बीच आपका पैन कार्ड फ्री में बना देंगे अच्छा वो फ्री में पैन कार्ड बनाने के उससे अच्छा उसी हालत ग्रामीण कुछ और मुझे कल कल बुलाया मैं कल उनकी दुकान पर गया वो दुकान यशो साहब ने बुलाया मुझे और मैं वहाँ यशो साहब नहीं मिली तो फिर मैं उसकी दुकान पर आया उसके भी छोटे भाई ने वो शिव कुमार हैं जो उसने मेरी कलर कॉलर पकड़ी और उसने गाली भी दी और यहाँ यहाँ क्यों आए आप ऐसा हो गया था और आप मुझसे कहा कि आपको दस मुझे देना है और मेरा लैपटॉप भी रखा और रजिस्टर भी इसी कारण उसने लैपटॉप तो दे दिया लेकिन रजिस्टर जो था वो नहीं दिया और कहा कि अगर आगे आप किसी को बताओगे तो जान से मारने की धमकी तो इन्होंने जो धमकी दी तो इसके बाद क्या आप पुलिस के पास गए अभी कुछ आपने कार्रवाई की नहीं अभी नहीं आई जाएंगे अच्छा तो घर वालों के संदर्भ में कुछ बताया हाँ घर वालों को बताया अभी मैंने फोन लगाया था भाई जी अच्छा और और अभी फ़ोन लगा रही कि आओ आज आज फिर बुला रही हमको कि आज महरानी आओ हमारी दुकान पर और किसी लोगों से भी लगवा रही फ़ोन हमारा और मुझे कल कल बुलाया मैं कल उनकी दुकान पर गया खुद एसो साहब ने बुलाया मुझे और मैं वहां वहाँ साहब नहीं मिले तो फिर मैं उसकी दुकान पर आया उसके छोटे भाई ने वो शिव कुमार जो उसने मेरी कॉलर पकड़ी और उसने गाली भी दी और मैंने यहाँ क्यों आया आपका हिसाब हो गया था और आप मुझसे कहा कि आपको दस हज़ार मुझे देना है और मेरा लैपटॉप भी रखा और रजिस्टर भी जिसके कारण उसने लैपटॉप तो दे दिया लेकिन रजिस्टर जो, जो मेरा हिसाब किताब था वो नहीं दिया और कहा कि कल आँगे आप किसी को बताओगे तो जान से मानने की धमकी दी तो इन्होंने जो धमकी दी तो इसके बाद क्या आप पुलिस के पास गए अभी कुछ आपने कार्रवाई की नहीं अभी नहीं गए जाएँगे अभी अच्छा तो घर वालों के इस संदर्भ में कुछ बताया हाँ घर वालों को बताया अभी मैंने फ़ोन लगाया था भाई को अच्छा और और अभी फ़ोन लगा रही है कि आओ आज आज फिर बुला रही है हमको कि आज मैरोनी आओ हमारी दुकान का और किसी लोगों से भी लगवा रही है फ़ोन हमारा दीदी तो क्या कह रहे हैं जो फोन लगा रहे हैं लोग वो कह रहे हमारे यहाँ यहाँ आइए वो आपका अच्छा वो जो आपने शुरुआत में बताया जाति सूचकों से भी आपको अपमानित किया हाँ, जाति सूचक तो अच्छा जान से मारने की धमकी हाँ, भी थी अच्छा हाँ और ये जो जो लोगो को लगाए हुए है कार करने के लिए तो उन्हें कितना रूपया दे रहे है बीस रूपए दे रहे हैं किसी को पचास रूपए दे रहे हैं किसी को डेढ़ सौ दो सौ दो किसी को अच्छा और हाँ। आ, क्या क्या कह कर के लोगो ऐसी काम करवा रहे हैं है कि है, तो आप पेन कार्ड में आपके पास क्या अच्छा तो ये -कार्ट -कार्ट क्या बात कह रहे हैं उनसे की जो नहीं जो जो ये बात करते है तो दुकान पर बुलाया राम कुमार ने और कहा की आपका जो पैसा बनाया वो पैसा आपका मुझे दस बजे में बुलाया मुझे और शाम के छः बजे तक मुझे बैठाने रहा और फिर मैंने कहा कि जो मेरा पैसा बना है मुझे टाइम हो रही मुझे घर जाना है तो उसने मुझे गाली दी और कहा कि साले चमड़ा तो किसी को बताएगा तो तुझे जान से मार दूंगा और फिर इसकी दर से मैं इंदौर चला गया जो कि मुझे बीस बीस जनवरी को बीस जनवरी दो हज़ार इक्कीस को वो कैशो साहब हमारे साथ पुलिस हमको ले आई जो कि मैं मैं अपने घर आया मुझे आई से मैं अपने घर ऐसी अभी देखना है कि आखिर क्या होता है पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है क्या यह जो धंधा चल रहा है के नाम पर एंजल ब्रोकिंग के डिमिट खाते खोलने के क्या इस पर रोक लगती है अंकुश लगती है या फिर अपराधी इसी प्रकार से धड़लने ऐसी जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है इविलेंग? उसका रहेगा और गांव-गांव जाकर जनता को जा बेवकूफ बना बनाने वाले इसी प्रकार से जो है ग्रोह है या गैंग है क्या इसी प्रकार चलती रहेगी आगे अब देखना है आपने जैसा की इसमें पूरी वीडियो में सुना और देखा की कि किस प्रकार से जो एक पीड़ित व्यक्ति है वो बता रहा है कि मेरे लिए गाली गलोज की जाति सुधक शब्दों का भी प्रयोग किया अब आगे देखना है कि आखिर इस पर पुलिस प्रशासन क्या रोख लेता है